आज हम आपको ऐड सबटाइटल एंड कैप्शन कैसे करते हैं बताएंगे। सबटाइटल एंड कैप्शन अलाउ यू टू शेयर योर वीडियो विद अ लार्ज ऑडियंस इंक्लूडिंग डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग व्यूअर्स एंड व्यूअर्स स्पीक अनदर लैंग्वेज लर्न मोर अबाउट एडिटिंग और रिमूविंग एग्जिस्टिंग कैप्शन इसको एड करना एडिट करना डिलीट करना ये सारी चीज़ें बताएंगे जो मैनुअली बताएंगे वैसे तो ट्रांसलेट वीडियो करने के लिए बहुत से तरीके हैं तीन तरीके हैं जिसमें मैनुअली आप ऐड कर सकते हैं ट्रांसलेट कर सकते हैं ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हैं या थर्ड पार्टी टूल सर्विस यूज़ कर सकते हैं तो थर्ड पार्टी टूल यूज़ करने के लिए आपके विड विड आईक्यू है वीड है और भी बहुत से टूल्स हैं लेकिन वो लोग आपसे कुछ चार्ज करेंगे और uh, ट्रांसक्रिप्ट फाइल के लिए आपको YouTube पे क्या फॉर्मेट है सी फॉर्मेट में डाउनलोड करना पड़ता है और अपलोड करने के लिए भी सी फॉर्मेट या एस फॉर्मेट यूज़ होता है तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे आप किस फॉर्मेट में आप आप यूज़ करिए या ऑटो ट्रांसलेट भी इसमें फैसेलिटी है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन ऑटो ट्रांसलेट में कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी लैंग्वेज वो नहीं समझता है तो जो ट्रांसलेट होता है वो प्रॉपर वे से नहीं हो पाता है और मैन्युअली में क्या होगा आप मैन्युअली टाइप करिएगा और जो थर्ड पार्टी करेगा वो डिफरेंट ढंग से होगा तो हम लोग आज मैनुअल वाला सीखेंगे और ट्रांसक्रिप्ट फाइल बनाने के डिफरेंट फॉर्मेट हैं जो हमने आपको अभी बताया ये देखिए इस तरह से बनाना पड़ता है और इसके लिए पीसी में इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि यू एफ एट एनकोडर यूज करके नोट पैड हम फाइल को सेव करते हैं और उसको अपलोड करते हैं तब वो फाइल ट्रांसक्रिप्ट हो जाती है और हमारा सबटाइटल के काम आती है सपोर्टेड सब एंड क्लोज कैप्शन तो बेसिक फाइल फॉर्मेट इसमें दिया हुआ है यूट्यूब पे आप इसको पढ़ लीजिएगा कि ये सारे बेसिक फॉर्मेट हैं एस आर टी एस बी डी एल सी कैब किस चीज़ के लिए क्या यूज़ होता है वो इसमें बताया ओनली बेसिक वर्जन ऑफ दिस फाइल इज़ सपोर्टेड एस इन टू द इज़ रिकग्नाइज फॉर्मेट और एस बी वी ओनली बेसिक वर्जन दिसल्टो स्टाइल इज रिक्नाइज द फाइल मस्ट बी इन प्लेन यू टी एफ एट और ये फॉर्मेट और दिया है जिसमें वो आपकी फाइल को अपलोड करता है ये देखिए एस आर टी फाइल दिया हुआ है जिसका ये फॉर्मेट है और आपका एस बी एफ एस बी वी फाइल फॉर्मेट दिया हुआ है ये स्पाइल जो होती है आपकी अपलोड होती है और एडवांस फाइल फॉर्मेट भी दिए हुए हैं इसमें आरटी, टी और बहुत सी इसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए तब आप कर सकते हैं टीवी पे भी हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं जिसके लिए एससीसी, एसटीएल, सी एस टी फॉर्मेट या डिफरेंट फॉर्मेट डिफरेंट कंट्री के लिए यूज़ होता है और उसको आपको पूरा डिटेल में समझना पड़ेगा तभी आप कर पाएंगे तो बेटर है कि आप सिंपल वाला मैनुअल वाला यूज़ करिए और या तो थर्ड पार्टी का सपोर्ट ले लीजिए वो आपके चीज़ों को इजीली कर देगा जैसे ट्यूब बड़ी आपका कर देता है सपोर्टेड सब सब क्लोज कैप्शन फाइल अब हम लोगों को एस आर टी फाइल जो होती है वो नोट में बन जाती है और अपलोड करने वाली फाइल को भी हम अपलोड उसको सही करके अपलोड फाइल बना करके उसको एस बी वी फॉर्म में अपलोड करते हैं सब व्यूअर फॉर्म में तो ये सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं और डिटेल यूट्यूब पे दिया हुआ है जिसको आप स्टडी कर सकते हैं हम लोग सिंपल वाला पढ़ने जा रहे हैं जिसमें सब टाइटिल को हम ऐड करते हैं जिसके लिए सबसे पहले हमको यूट्यूब पे जाना पड़ेगा तो चलिए हैं यूटूब पर चलते हैं और वहाँ से सीखते हैं कि कैसे करते हैं यहाँ पे जाएंगे YouTube स्टूडियो पे, पे और वहाँ से सबटाइटल सेलेक्ट करेंगे सबटाइटल सेलेक्ट करके फाइल सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमको सबटाइटल लगाना है तो हमने पहले से एक फाइल में सबटाइटल लगाया क्योंकि टाइप करने में बहुत टाइम लगता है ये देखिए सबटाइटल टाइटिल सेलेक्टेड है यहाँ पे ऐड आएगा जब फर्स्ट टाइम आप करिएगा और यहाँ पे ऐड लैंग्वेज जब करिएगा तो वो लैंग्वेज पूछेगा तो आप जिस लैंग्वेज में करना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप डाल दीजिएगा अब यहाँ पे एडिट में जाइए और आप देखिए यहाँ पर हमने ढेर सारे ट्रांसक्रिप्शन के लिए ये सब टाइटल के लिए लाइनस लिख रखी हैं और उसका टाइम स्टैम्प लगा रखा है जब इन टाइम स्टैम्प लगाएंगे तो वो चीजें वहीं पर दिखेंगी अब जैसे यहाँ पर आप आइएगा तो ये देखिये ये यहाँ पर दिख रहा है उसी टाइम स्टैंड पे दिखेगा इस तरह से पूरी स्क्रिप्ट्स हमने अपने वीडियो में ऐड कर ली जिस तरह से आप लोग चैप्टर यूज़ करते हैं उसी तरह से यहाँ पर आपको सबटाइटल यूज करनी पड़ेगी इसको आप बढ़ा के छोटा करके आप अपनी चीज़ों को इजीली देख सकते हैं और इसके शॉर्ट टूर भी हैं ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं जिसको यूज करके आप एडिटिंग इजीली कर सकते हैं इसको आप स्टडी करिए और प्रैक्टिस करिए तब आप जा करके सब टाइटिल को एडिट कर पाइएगा टाइपिंग के समय यहाँ से पॉज कर सकते हैं या यहाँ से पॉज कर सकते हैं आपका पॉज हो जाएगा यहाँ से सेटिंग आप कर सकते हैं कि कितना नॉर्मल और धीमे चले तेज चले कैसे चले और आप यहाँ पर अपनी सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं वन बाई वन इसको लिख के आप यहाँ पर अपनी सब टाइटिल गलत हो जाए तो डिलीट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं तो मान लीजिए हमको लास्ट में एक और जोड़ना है सब टाइटल तो यहाँ पे प्लस साइन मिलेगा यहाँ पर जा करके कर के प्लस कर दीजिए और अपनी टाइटल को ऐड कर लीजिए अभी हमें प्लस नहीं करना है तो हम अंडू कर देंगे और यहाँ जाकर इसको डिलीट कर दीजिए तो इस तरह से डिलीट हो जाएगा और एडिट हो जाएगा अब जब हमारी सब टाइटल सब बन जाएगी तो हम यहाँ पर सेव ड्राफ्ट करेंगे सेव ड्राफ्ट करने से फाइल की सब टाइटल सेव हो जाएगी तब हम उसको पब्लिश कर देंगे जब वो पब्लिश हो जाएगी तो आपकी फाइल वहाँ पर रन करने पे दिखने लगेगा सब तो यहाँ पर आकर के हम फाइल को रन करके अपनी सब टाइटल को देख सकते हैं सो दिस इज़ ऑल व्यूवर इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू और प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और सोशल लिंक को फॉलो करिए और कमेंट लिखिए जो चीज़ ना समझ में आई हो कमेंट में लिखकर पूछ लीजिए थैंक यू व्यूवर दिस इज़ ऑल टूडे एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट माई community tab there are several questions and uh, quizzes you solve this thank you